तो हम उतर गए अपने प्लेन से ये बिल्कुल पबजी की तरह है आप इसको गरीबों का पबजी बोल सकते हैं ये सिर्फ 500 सौ से भी कम साइज का है और इंडिया में इसके बहुत सारे प्लेयर्स एक्टिव प्लेयर्स हैं आपको सर्वर सिलेक्ट करके आपको इंडिया में आना होगा उसके बाद आपको इंडिया के ढेर सारे एक्टिव गेमर मिल जाएंगे कुछ दिन पहले हमारे एंग्री प्रेस ने भी इस गेम को खेला था ये मिला मुझे मशीन रन अरे आदमी कहाँ गए मुझे कोई दिख क्यों नहीं रहा उठा लेता मेडिकेट ओ मेरा फेवरेट बंदूक है मिला हुआ है ओ आदमी भाई जाता जाता है है थोड़ा रुगजा भाई रुगजा, जाता है भाई हाँ मेरा पहला किल ओ, कुछ नहीं बेचारा इतना गरीब आदमी को मैंने मार दिया यहाँ पर है मेडिकेट इसे उठा लेता हूँ अब यहाँ पर अगर एरिया होना शुरू हो जाए तो इसकी बहुत जरूरत पड़ती है तो मैंने को फेक ग्रोजा को फेक कर गाड़ी-गाड़ी आ रहा है ये अगर छुप तो पड़ेगा चुप चुप चुप चुप भाई जा गुड बॉय रुक रुक रुक कहा जाता है भाई गया इसका जल्दी अरे किसी ने मुझे मारा किसी ने मुझे मारा हाँ लेफ्ट में इस तरफ में कोई है। वो गाड़ी के पास है मार्मे ऊपर में ऊपर चलो इसको वे गिराए जाए रुख रुक, रुक, रुक, रुक। आजा, आजा, आजा, आजा। हाँ गाड़ी के पास है उसे मार भाई मार मार मार रुक रुक रुक रुक भाई रुक मार अरे एमओ खत्म हो गया चलिए मेरे पास मशीन हो गया अबे मैं सर्कल के बीच में आ गया फिर भी कोई नहीं है अरे यार इधर हाँ इधर इधर पेड़ का पीछे चलो चलो रो भाई निकल निकल निकल अरे यार आना ना ना, ना नज़दीक नहीं जा सकते हैं उसके पास मार्ग नहीं हो सकता है मेरे पास नहीं है तो इसको इधर से मारना पड़ेगा मेरे पास ग्रेनेड भी नहीं है अब मैं क्या करूँ वो एरिया से ही हो रहा है चलो इससे छोड़ो हम पहले एरिया के अंदर आ जाते ये निकल जाएगा अपने आप वो भाग रहे भाग रहे चलो चलो चलो चलो भाई रुक रुक रुक अरे अरे अरे अरे रुख बोया